कभी कभी लगता है कि क्या हिच भगवान हैं। तो लोंडियो लोडियो तुम सब स्वागत है हमारी ये को नई वीडियो में जिसमें हम देखेंगे हमारे बॉलीवुड के कुछ खतरनाक एक्शन सीन जिसमे सबकी वाट लगा देते हैं वो लोग Yeah. <laughs> तो इसीन में हम देखते हैं हमारे हीरो संजय दत्त अपना चश्मा कुछ इस तरीके से उतार के फेंकते हैं हवा में और चश्मा बायदा हवा में जा कर रुक भी जाता हवा में ही तैरने लगता उसके उसका संजुआ स्टॉप करते हैं सब कुछ रुक जाता है उसका संजय दत्त अपने ही चश्मे में से देखते हैं पीछे से चार चाकू उड़ते हुए आ रहे थे संजय दत्त ने चश्मे में ही देख के चारों चाकू में एक गोली मार दी बिना हिले हुए उसके बाद संजय दत्नी या अपने स्टाइल में उसके बाद संजीव बाबा या अपने सुहे में चश्मा पहनते हैं ये देख सकते हैं आप तो इस पूरे महान एक्शन को देखने के बाद संजू बाबा खतरना के खतरनाक एक्शन को देखने के बाद हम चलते हैं अपनी एक अगली नई वीडियो की तरफ जो बॉलीवुड नहीं बल्कि टॉलीवुड है यानी साउथ इंडियन तो ये ये जो हमने सीन अभी देखा, ये कोई हीरो फिल्म का सीन नहीं था ये सीन था साउथ के हीरो की एक का चली जाती है देखो दोस्तों जांग पे हाथ मार के इस तरह उंगली से इशारा करके तो कुर्सी को कोई भी खींच सकता अगर ये बंदा सच में ट्रेन को धक्का लगा दे तो अपन मानेगा की ये सुपर हीरो ही। खतरनाक सीन से आगे बढ़ते हैं और अब देखते हैं नया सीन हम देखते हैं मिशन दादा और जय की और मिशन दादा थोड़ा दुखी नजर आ रहा है क्योंकि मिशन दादा की मां जो हेंगी वो गुजर चुकी हैं और उनकी चिता जलाई जा रही है यहां पर और तभी अचानक गुंडे आ जाते हैं और फिर हम देखते है की ये गुंडे ने कुछ कोड वट में कुछ कहा और उसके बाद और उसके बाद हम ये क्या देखते है कि गुंडे अपने पूरे जिसम पे बम बांध बांध के आएंगे सबके सब गुंडे बम बांध के आए ये लोग कोई बंदूक लेकर नहीं आए ये लोग बम बांध के आए अपने जिसम पे लेकिन हमारे हीरो भी कुछ कम नहीं है वो इनसे कुछ ज़्यादा ही आ गए सौ कदम आगे गए इन लोगों से और वो लोग अपने आप को बचाने के लिए इन गुंडों को मारने के लिए अपनी जल्द हुई चित माँ की मक्के मारना शुरू कर देते हैं तो दोस्तों जैसे कि आपने देखा हमारे ये दोनों हीरो ने अपनी जलती हुई माँ की चिता मक्के मारना शुरू कर दिया और देख सकते हैं लकड़ियाँ है के जा रही थी और छाती में बंधे बॉम्बो में जाकर टकरा रही तो और पूरे इलाके में बमी बम बम फूटने लगे देख सकते हैं बिल्कुल हाथ में रखे वो बंदा बम तो उसी बंधा जाके टे क्या हो रही है पे तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आज का लास्ट सीनो यस। दोस्तों सोचने वाली बात एक शख्स की फूक में इतनी ताकत कैसे आ सकती है कि वो बंदा एक गोली अपने मुंह में उठाता है और फूक के मारता है तो वो जाके सीधे बम के हरे बटन में जाके टकरा जाती है और अपने साँची को बचा लेता है कैसे इतनी ताकत आ सकती है कि वो गोली इतने दूर तक उड़ चली जा वो उसकी एक फूक से आज की मजदूरी यही खत्म करते हैं अगर तुम्हें वीडियो पसंद आए, तो मारो यार। मुझे नहीं पता मुझे दो मिलियन पूरी जिंदगी में, में लाइक चाहिए चाहिए। तो मारो और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूल फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती मुझे नहीं पता बस क्लिक हो जाना चाहिए जा रहा हूं मुझे पैसों के पीछे भागना है बाय